आपको पता है उल्लू की जो आंखें है वो एक जगह फिक्स होती है यानी वो अपनी आंखें नहीं हिला सकता और उल्लू की आंखें उल्लू के दिमाग की साइज जितनी होती है इवन उल्लू 360 डिग्री तक अपनी गर्दन घुमा सकता है फैक्ट नंबर टू कुत्ते को कहीं दूर जाके आप छोड़ दो लेकिन वो फिर भी अपनी जगह पे वापस आ जाएगा इसलिए नहीं कि उसे रास्ता बताए बल्कि इसलिए कि जो कुत्ते हैं ना वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को समझ सकते हैं और कुत्ते अल्ट्रा लाइट को भी देख सकते हैं फैक्ट नंबर थ्री कुत्ते अगर चॉकलेट खा जाए तो उनकी मौत भी हो सकती है चॉकलेट में पाया जाने वाला थीओब्रोहमाइन जो की कैफिन जैसा होता है जो सीधा उसकी नारी पर असर करता है जिसकी वजह से कुत्ते की मौत भी हो सकती है फैक्ट नंबर फोर इंसान के बाद सिर्फ इकलौता कुत्ता ही है जो सिर्फ आँखों के इशारों से समझ जाता है कि उसे करना क्या है या फिर आदमी कहना क्या चाहता है वैसे ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हो